बॉलीवुड में हिट फिल्म देने वाले राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी से एक युद्ध खतरे में है गांधी से के प्रमोशन इवेंट पर लोगों ने इसका जमकर विरोध किया जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है घायल घातक दामिनी खाकी और रज प्रेम की गजब कहानी जैसी फिल्म देने वाले बॉलीवुड डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी से एक युद्ध छब्बीस जनवरी को रिलीज होगी इस फिल्म में चिन्मा मंडलेकर दीपक अम्बानी तनिषा संतोषी लीड रोल में है लेकिन रिलीज से पहले ही इस फिल्म का जमकर विरोध किया जा रहा है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 दखल न्यूज